मोदी जी का दूसरा कार्य समाप्ति के करार पर है देश में बेरोजगारी और महंगाई बेतहासा बढ़ते जा रही है लोगों की खरीदने की शक्ति क्रय शक्ति लगातार गिरती जा रही है भारत सामाजिक पतन की ओर बढ़ चला है इस पर नरेंद्र मोदी मौन, मौन हो जाते हैं